पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है प्रदेश के कई हिस्सों में गौ माताएं बड़ी संख्या में इस वायरस से संक्रमित होती जा रही हैं बड़ी संख्या में गौ माताओं की इस वायरस से तड़प तड़पकर मौत भी हो चुकी है उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है सरकार चीता इवेंट में लगी हुई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गौ माताओं की स्थिति ठीक नहीं है लंपी वायरस के चलते कई गायों की मौत हो गई है। लेकिन सरकार चीता इवेंट में लगी हुई है सरकार को समय रहते जो आवश्यक कदम उठाने थे वह उन्होंने अभी तक नहीं उठाए हैं सरकार तो पिछले कई दिनों से चीता इवेंट में ही लगी रही अभी यदि वो चीता इवेंट से बाहर निकल गई है तो उसे प्रदेश में गौ माताओं की सुध लेना चाहिए प्रतिदिन इस वायरस से गौ माताओं की तड़प तड़प हो रही मौत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज मध्य प्रदेश में गौशालाओं की गौ माताओं की जो स्थिति है सड़कों पर गौ माता प्रतिदिन दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। उनको खाने का चारा तक नहीं मिल पा रहा है गौशालाओं में अव्यवस्था का अंबार है जिसके कारण प्रदेश में हजारों गौ माताओं की मौत की तस्वीरें अभी तक सामने आ चुकी है कमलनाथ ने कहा आज आवश्यकता है प्रदेश में गौ माताओं की गौशालाओं की सुध लेने की लेकिन सरकार का पूरा ध्यान तो अभी गौ माताओं की बजाय इवेंट पर ही लगा हुआ है उन्होंने कहा मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल आवश्यक सभी कदम उठाए चेंज इज दर्ल्ड ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी चेंज इज दर्ड प्रोवाइडिंग बेस्ट रिजल्ट एंड डिलीवरिंग दस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन